जे के सुपर वेदर शील्ड एक प्रीमियम पीपीसी सीमेंट है इसमें एक नॉर्मल पीपीसी के मुकाबले कई गुना ज्यादा जल रोधी क्षमता है इसे जेके सीमेंट की आर एन डी टीम द्वारा विकसित पीडब्ल्यूआरटी पार्टिकल वाटर रिपेलेंट टेक्नोलॉजी टेक्निक से बनाया गया है इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं ये एक नॉर्मल पी है और ये जे के सुपर स्ट्रोंग वेदरशील्ड प्रीमियम पी है दो कांच के गिलास लेते हैं और दोनों में एक एक मैच माचिस की तीली डालते हैं गिलास में नॉर्मल पीपीसी डालकर इसे पी करते हैं और दूसरे गिलास में जेके सुपर प्रीमियम पीपीसी डालकर उसे भी टैब करते हैं बारी बारी से दोनों गिलासों में पानी मिलाते हैं कुछ समय पश्चात नॉर्मल पीपीसी वाले गिलास में पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड प्रीमियम पीपीसी वाले गिलास में पानी सीमेंट के ऊपर ही तैर रहा है अब हम नॉर्मल पीपीसी वाले गिलास को खाली करते हैं और उसमें डाली हुई मैच स्टिक को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरह से गीली होने के कारण वो जल नहीं रही अब हम वेदर शील्ड वाले गिलास को खाली करते हैं अरे ये क्या इसमें तो पानी अंदर तक गया ही नहीं जिसके कारण डाली हुई मैचस्टिक और सीमेंट दोनों ही सूखे हुए हैं आइए मैचस्टिक को जलाते हैं अरे वाह तो आसानी से जल गई जेके की सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड पानी के पेलिट्रेशन को रोकता है इसके इस्तेमाल से आप पा सकते हैं घर की ज्यादा लंबी आयु टिकाऊपन जलरोधी नमक जमाव से मुक्ति अपने सपनों का घर बनाने के लिए